अगेट टिकट भाई साहब पानी क्यों फेंक रहे है हमारे hey श्रीलंका में बहुत पानी है इसलिए हम पानी वेस्ट करता oh no! भाई साहब पैसे क्यों फेंक रहे हो आप भाई साहब हमारे वेस्ट में पैसा बहुत है इसलिए फेंकता भाई साहब इन्हें क्यों फेंक दिया अरे भाई साहब हमारे इंडिया में ना इंडिया से जूते बहुत है